सो हेलो एवरी फ्रेंड कैसे आप सब लोग आप सभी लोगों का हमारे चैनल कैविश चौक में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स so, आज ऐसे कुछ तीन अपडेट्स मिल चुका है YouTube की तरफ से जो कि आपको सब्सक्राइबर ओवस्टाइम बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद रूप हो सकता है तो आज उसी के बारे में आपको पूरे इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या अपडेट्स आए हैं नए जो कि अभी हाल फिलहाल दो तीन दिनों में ही आए हैं तो बने रहेंगे पूरे वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स कोई भी अपडेट आपसे मिस हो सकता है अगर आप यूट्यूबर है और आप बिगिनर है तो आपके लिए बहुत बढ़िया तो पहले, पहले और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो so, दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट गाइज so, हमारा पहला अपडेट यह है कि अभी आप यूट्यूब स्टूडियो पे पीसी पर अगर आपके पास पीसी है तो आप यूट्यूब स्टूडियो पे देख ही रहोगे की आपके रिटर्निंग व्यूअर्स यहाँ पर दिखाता है जो की ऑडियंस में आपको एनलिटिक्स में सब कुछ दिखा रहे वहां पर आपको Returning viewers दिखा सकते हैं Returning viewers का ये मतलब है friends की अगर आपने जो टॉपिक जिस topic पर video बनाया है उस पर आपकी audience कितना का attention है आपकी audience का कितना attention है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा रिटर्निंग व्यूअर्स में अगर आप पहले टॉपिक बनाए उसमें रिटर्न व्यूअर्स ज़्यादा आए और इस टॉपिक पर नहीं आया तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिस टॉपिक पर आपकी ऑडियंस वीडियोस देखना चाहती है वो आप टॉपिक बनाइए तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वॉस्टाइम बढ़ाने के लिए अगर आपका चैनल मोलटाज नहीं है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये अपडेट्स और इसी में दूसरा व्हाइट स्टूडियो में दूसरा अपडेट ये है कि फ्रेंड यहां पर आपको पहले जो लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते थे वहां पर आपको तो दिखा देता कि वन टू टेन में आपका कितना रैंक में चल रहा है वीडियो जो आपको पहले लेटेस्ट वीडियो अभी अपलोड किया होगा उस पर कितना रैंक में है वन टू टेन आपको कितना रैंक है वहीं पर आपको डैश में दिखा रहा होगा वाइट स्टूडियो पीसी में लेकिन अभी ये फोन पर भी आपको वाइट स्टूडियो में दिखाएगा तो कैसे यहां पर आपको डैश में ही दिखाएगा सो तो डैश बोर्ड पर ही आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्लिक थ्रू रेट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक थ्रू रेड मतलब इसका मतलब यह है कि आप हमने लच्छा नहीं तो आप उसको चेंज कर सकते है इसका मतलब यह है क्लिक थ्रू रेट अगर आपका कम होगा तो आपको थमनेल में कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है तो इसी के लिए तो दूसरा है है कि अगर अगर आपका है और आप इससे इनकम कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको डॉलर में यहाँ पर दिखाएगा जो भी आपकी इनकम होगी डॉलर में दिखाएगा उसमें भी कुछ चेंज आया जो आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो भी मतलब देखना चाहे या इंडियन रुपीज में देखना चाहेंगे या कोई भी मतलब आप कैसे कंफ्यूज होते है कि हमारा डॉलर इतना है तो आपका पैसा कितना होगा तो अभी ये कन्फ्यूजन दूर हो गया क्योंकि अभी यहाँ पर सेटिंग्स में आपको दिखाएगा कि आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देना है तो आपको इंडियन रुपीज में अपना इनकम दिखाएगा सो तो गायज हमारा तीसरा अपडेट ये है कि बॉटम नेविगेशन आ चुका है जो कि आपको व्हाइट स्टूडियो पर पीसी में तो सबसे पहले था ही लेकिन अभी YouTube स्टूडियो व्हाइट स्टूडियो में मोबाइल पर भी आपको दिखेगा वो कैसे कि आपको मोबाइल स्टूडियो की जो एप्लीकेशन ओपन करेगा उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाएगा कि होम पेज और वीडियोज और कमेंट्स ऐसे कई सारे ऑप्शन नीचे दिखाए इसको तो बॉटम नेविगेशन बोला गया तो फ्रेंड्स यही था हमारा बॉटम नेविगेशन जो कि बॉटम नेविगेशन से अपडेट हमें मिल चुका है तो गाइस यही तीन छोटे अपडेट्स से जो मैं आपको बताना चाहता तो आपको ये अपडेट कैसे लगे कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा कौन सा नहीं लगा तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो so कैसे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहे तो उसके लिए चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक, तक के लिए टाटा भाई बाई जय स्वामीनारायण